सभी उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर या तो अपने माउस है वो खराब हो जाता है या लैपटॉप के अंदर टचपैड है वो खराब हो जाता है तो हम लोग अपने मोबाइल फोन को एज ए माउस एज ए टचपैड है वो कैसे यूज करने वाले हैं तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं तो बिना टाइम वेस्ट के वे वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर आप पहली बार तो है तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर करें और हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें वो जरूर करके चाहिए तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताने वालों वीडियो को बिना स्किप कर देखें इससे क्या होगा आप प्रॉपरली एक भी स्टेप मिस नहीं करोगे जिससे आपका प्रॉपर वो वर्क करने लगेगा बहुत सारे लोग जो वीडियो को प्रॉपर नहीं देते स्किप करके देख लेते हैं बट फिर उनके प्रॉपरली फोन है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है तो वीडियो को बिना देखना है आपको को तो बिना टाइम स्टे हुए शुरू करते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है आपने फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाना है और आपको ये ऐप है वो सिंपली अपने फोन के अंदर है वो इंस्टॉल कर लेनी है फोन के अंदर इंस्टॉल करने के बाद में सिंपली आपको करना क्या है अपने लैपटॉप के अंदर भी सेम टू सेम यही ऐप है वो आपको इंस्टॉल करनी है अपने लैपटॉप के अंदर बाद में आपको सिंपली करना क्या है गूगल पे जाना है माउस सर्वर नाम से आपको ये ऐप है वो लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करनी है तो मेरे ऑलरेडी डाउनलोड की हुई यहाँ से आपको डाउनलोड करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दोनों ऐपों का लिंक मिल जाएगा इजिली आप वहां से भी डाउनलोड वो कर सकते हो तो सिंपली आपको करना क्या आप यहाँ पे एप है वो आ चुके हैं फोन के अंदर मेरे वो, वो हो रही तो हो और फोन का दिया है वो अपने कनेक्ट होना चाहिए करना क्या है सिंपली है अपने ये है कर तो ऑन कर रहा हूँ अब आपको यहाँ पर दिख रहा हूँ आई पी एड्रेस इंटर करना है तो सिंपली करना क्या यहाँ पे मैं आऊंगा देखो लैपटॉप के अंदर तो ये आई ये एस एड्रेस है शो हो रहा है ठीक है तो आपको गोर से देख पा रहे हो तो ये आई पी एड्रेस में अपने फोन के अंदर है वो डालने वाला हूँ तो क्या आई एड्रेस है देखिये आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ देखिए वन तो ये देखिए ये आईपी एड्रेस है वो मैंने अपने फोन के अंदर डाल लिया और मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया अब देखिए यहां पे मैंने इसको सिंपली ऐसे रखा हुआ है तो आप देख पा रहे हो मैं इसको जैसे जैसे यूज करूंगा तो ये एज ए ये देखिए देखिए अब मैं अपने फोन को देखो इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ तो इसका आपका क्रशर है वो प्रॉपर्ली देख रहे हो आप लैपटॉप के अंदर है वो क्रशर हिल रहा है दिखाई दे रहा हो आपको तो ये जैसे राइट और लेफ्ट जो क्लिक है आपको अपने लैपटॉप का ये जो क्लिक आपको दिखाई दे रहा है ये क्लिक सेम टू तो सेम इसी फोन के अंदर भी यहाँ पे आते हैं तो देखिए मैं ये क्लिक करूँगा तो वहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा तो देखिये ये देखिए मैं यहाँ पे ये दबा रहा हूँ तो ये देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन है वो यहाँ पे भी आ रहा है तो ये मैंने रिफ्रेश कर दिया देखो वापस मैं ये वाला क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए ये देखिए वहाँ पे रिफ्रेश आ जाता है यहाँ पे देखो फिर से मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ और वहाँ पे भी आपको रिफ्रेश वाला ऑप्शन है वो आ जाता है वो हो चुका है ये देखिए ये क्रेसर है वो हिल रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा तो जबकि राइट और लेफ्ट वाले जो क्लिक है वो भी इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ये देखिए आप देख पा रहे हो तो जैसे ही मैं ये वाला क्लिक है यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए लैपटॉप पे नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फोन के अंदर कर रहा हूँ तो ये देखिए ये रिफ्रेश वाला ऑप्शन है वो आ जाता है तो अपने फोन से आप इस तरीके से रिफ्रेश है वो कर सकते हो ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया ये देखो रिफ्रेश हो गया फिर मैंने ये किया तो ये देखो ये हो रहा है तो ईजिली है वो कनेक्ट हो तो जाता है लैपटॉप का टचपैड है वो आप एक एज ए फोन में भी यूज है वो कर सकते हो तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो इस तरीके से आप अपने फोन को एज ए माउस पैड है वो यूज़ कर सकते हो तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपको नॉलेज मिला होगा तो ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे